है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाइज आज हम लाइट पास ऑफर मतलब इसमें हम ऑफर के साथ ही लाइट पास परचेज कर सकते हैं हमें पाँच पचपन का यह मिला है ऑफर तो हम 55% के साथ स्पिन लगाते हैं पहला स्पिन होगा नो डायमंड का उसमें क्या मिलता है हमें इसमें डायमंड रॉयल में, में स्पिन करने का मिला है तो गाइज आगे देखिए क्या सीन रहता है और हमें क्या क्या मिलता है तो गाइज कितने स्पिन में हमें फाइनली मिलेगा तो गाइज आप देखते रहिए उनतीस डायमंड का हमने टॉ किया है इस तो हमें मिला था मैजिक ट्यूब का टुकड़ा और इसमें क्या कहते फिफ्टी नाइन का किया था तो हमें मिला था बेजेज मिले थे और फाइनली वन फिफ्टी नाइन का करने पर हमें मिल गया इलेव पास तो गाइज आप भी ले सकते हो ऐसे इलेट पास ऑफर के साथ मुझे तो पचपन परसेंट का ऑफर मिला है और उसी के साथ मैंने परचेज कर लिया तो गाइज आगे क्या रहता है सिंह तो देखिए और गैज इधर हम आ चुके हैं इधर की तरफ बम करते हैं क्लेम इसको जो जो मिला है उसको क्लेम करते हैं पहले बेजिस को क्लेम कर लेते हैं और बंडल भी क्लेम करेंगे हम आगे चलते लाइट पास के अंदर हमें क्या, क्या क्या कुछ कुछ मिला तो है तो गाइज देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए जब तक हम लाइट पास में एंट करते हैं तब तो तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए तो गाइज़ हमें इतना कुछ मिला है लाइट पास में तो ये लड़की वाला बंडल मिल गया हमें और आगे देखते क्या क्या मिला है तो गाइज देखिए और वीडियो को लाइक कर दो गाइज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो तो ये लुकऑफ से ऐसा लिप बॉक्स मिलेगा तो क्या आगे देखिए ये क्या मिला है ये बैग पैग है सब तो बैग पैग ऐसा है और एक मोट ऐसा सब तक वो भी मिला है और एक बॉय वाला या बंडल है वो भी मिला तो ये रहा बॉय वाला बंडल तो ब तो जो भी जो जो भी बंदे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो थैंक यू फॉर वॉचिंग